लालू प्रसाद परेशान होकर नदी के किनारे आए अचानक से पानी में कूस होते हुए देखा और वहां से देखा कि पानी की देवी बाहर निकल आया देवी ने लालू प्रसाद को बोला क्या हुआ वहाँ तुम इतना परेशान क्यों हो लालू प्रसाद ने बोला क्या बोलूं माताजी? मेरा कुल्हारी पानी में गिर गया